बेबी आज जो लंच बनाया था वो कैसे बना था तुम्हें शांति पसंद नहीं है मतलब कोई ना कोई बांध ना ढूंढ ही लेना है लड़ाई